दोस्तों तीन दोस्त एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहाँ तीनों दोस्तों से पूछा जाता है कि मान लो एक केदी को मौत की सजा मिली है और उसे तीन कमरे दिखाए जाते हैं जिसमें पहले कमरे में आग लगी होती है दूसरे में हथियारों से भरे शूटर बैठे हुए होते हैं और तीसरे कमरे में तीन सालों से भूखा शेर बैठा हुआ होता है तो बताओ कि की कैदी किस कमरे में जाना पसंद करेगा पहला दोस्त कुछ बोलता ही नहीं क्यूँकी दोस्तों उसे तीनों कमरों में ही मौत दिखाई दे रही थी दूसरा दोस्त सोचता ही रह जाता है और तीसरा दोस्त बहुत ही आसानी से आगे आता है और बोलता है की सर केदी तीसरे कमरे में जाना पसंद करेगा क्यूँकी अभी आपने ही कहा था की शेर में तीन सालों से भूखा लेटा है तो जाहिर सी बात है वो अब मर गया होगा उसके बाद उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है दोस्तों सही बात है अच्छा लिसनर होना काफी ज्यादा जरूरी होता है ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें